नमस्कार डिजी नेम सर्विस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डोमेन को अपनी वेबसाइट से लिंक करने की प्रक्रिया को जानेंगे जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अगर कोई भी ए डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू से अपना डोमेन खरीदते हैं तो उन्हें पांच पेज की वेबसाइट और एक साल की होस्टिंग मुफ्त में दी जाएगी फ्री वेबसाइट की विशेषताएँ हैं पांच पेज मुफ्त होस्टिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सोशल मीडिया हैंडलर्स सपोर्ट गूगल एनालिटिक्स अनाउंसमेंट एडवर्टीजमेंट सेक्शन फीडबैक क्वेरी फॉर्म स्लाइडर्स और फोटो गैलरी सोशल मीडिया हैंडलर्स में आप अपना फेसबुक और ट्विटर हैंडल जोड़ सकते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में आप कोई भी घोषणा जोड़ सकते हैं जैसे कि आप अपने सेंटर पर कोई नई सर्विस शुरू करने जा रहे हैं या आपने अपने सेंटर पर कोई कैंप लगाया है एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आप कोई भी विज्ञापन डाल सकते हैं जैसे कि आप अपने सेंटर पर किसी सर्विस या प्रोडक्ट में किसी प्रकार का ऑफ़र निकाल रहे हैं फीडबैक फॉर्म में कोई भी ग्राहक जो आपके सी सेंटर से कोई भी सर्विस लेता है वो आपको सर्विस के लिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है स्लाइडर्स और फ़ोटो गैलरी में आप अपने सेंटर पर होने वाली कार्य की फ़ोटोज़ डाल सकते हैं वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं पहले आप अपना डोमेन रजिस्टर करेंगे दूसरा आप नेम सर्वर्स अपडेट करेंगे तीसरा आप फ्री वेबसाइट प्लान में पंजीकरण करेंगे चौथा आप अपनी वेबसाइट की एडिटिंग करेंगे पाँचवा आप अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन के साथ लिंक करेंगे अब हम एक वीएल की वेबसाइट को होस्ट करने की प्रक्रिया को देखेंगे सबसे पहले आपको अपना डोमेन खरीदना होगा डोमेन खरीदने की प्रक्रिया के लिए आप डोमेन पंजीकरण मैनुअल को देख सकते हैं डोमेन पंजीकरण के बाद आपको नेम सर्वर्स अपडेट करने हैं नेम सर्वर्स अपडेट करने के लिए आप एक पंजीकृत उपभोक्ता के रूप में साइन इन करें वी एलई कनेक्ट द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं अब विजिट माय अकाउंट पर क्लिक करें आपका डिजिनेम डैशबोर्ड खुल गया है अपने खरीदे हुए डोमेन की जानकारी के लिए आप माय प्रोडक्ट्स और डोमेन पर क्लिक करें आप अपने खरीदे हुए सभी डोमेन का विवरण यहां देख सकते हैं जिस डोमेन को आप अपनी फ्री वेबसाइट के साथ जोड़ना चाहते हैं उस डोमेन की कस्टमर आईडी कॉपी करें अब मैनेज डीएनएस सेक्शन में जाएं और यहां पर कस्टमर आईडी चुनें कस्टमर आईडी डालें सर्च पर क्लिक करें लिस्ट में से अपना डोमेन चुनें। इस विंडो में आप अपने डोमेन का पूरा विवरण देख सकते हैं आपके डोमेन का स्टेटस ओके है इसका मतलब आपका डोमेन एक्टिव है आप देख सकते हैं कि पहले से ही आपके डोमेन के साथ दो नेम सर्वर्स जुड़े हुए हैं अब नीचे दिए हुए इन चार नेम सर्वर्स को आपको अपने डोमेन के साथ जोड़ना है इन नेम सर्वर्स को अपडेट करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपने अपने डोमेन के साथ कोई वेबसाइट होस्ट न की हो अन्यथा आपकी पुरानी वेबसाइट का सभी डेटा डिलीट हो जाएगा इन नेम सर्वर्स को आप तभी अपडेट करें जब आप अपने डोमेन को फ्री वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हो अब नेम सर्वर्स अपडेट करने के लिए अपडेट नेम सर्वर पर क्लिक करें अब आर यू शोर यू वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू पर क्लिक करें अब यहाँ से दिए हुए पहले दो नेम सर्वर्स को एक एक करके कॉपी करें और यहां पर पेस्ट करें पहले दो नेम सर्वर्स को अपडेट करते समय आप डिलीट एग्जिस्टिंग चुनें क्योंकि आपको पहले से अपडेट दो नेम सर्वर्स को डिलीट करना है अब जनरेट ओ पर क्लिक करें टीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा अपना ओ डालें सबमिट ओ पर क्लिक करें अपडेट पर क्लिक करें आपको दो नेम सर्वर अपडेट होने का मैसेज प्राप्त होगा ओके पर क्लिक करें अब बचे हुए दो नेम सर्वर्स को अपडेट करने के लिए वही प्रक्रिया का प्रयोग करें माय प्रोडक्ट्स में जाएं, डोमेन पर क्लिक करें कस्टमर आईडी कॉपी करें मैनेज टीएनएस में जाएं, कस्टमर आईडी चुनें। कॉपी की हुई कस्टमर आईडी डालें सर्च पर क्लिक करें लिस्ट में से अपना डोमेन चुनें, अब बचे हुए दो नेम सर्वर्स को अपडेट करने के लिए एक एक करके नेम सर्वर को कॉपी करें अब अपडेट नेम सर्वर पर क्लिक करें आर यू श्योर यू वॉन्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू पर क्लिक करें कॉपी की हुआ नेम सर्वर डालें बाकी बचे हुए दो नेम सर्वर अपडेट करते समय आपकी पॉल चुनें क्योंकि आपको पहले से अपडेट किए हुए दोनों नेम सर्वर्स को भी अपने डोमेन के साथ जोड़ना है अब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें अपना ओटीपी डालें सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें अपडेट पर क्लिक करें आपको आपके नेम सर्वर अपडेट होने का मैसेज प्राप्त होगा अब यह देखने के लिए कि आपके द्वारा किए गए डोमेन नेम सर्वर अपडेट हुए हैं या नहीं आप डोमेन्स में जाएं, कस्टमर आई कॉपी करें मैनेज डीएनएस में जाएं, कस्टमर आई डी कॉपी किया हुआ कस्टमर आई डालें सर्च पर क्लिक करें डोमेन सेलेक्ट करें अब आप देख सकते हैं कि आपके चारों नेम सर्वर्स अपडेट हो चुके हैं अब हम फ्री वेबसाइट में पंजीकरण और वेबसाइट के संपादन की प्रक्रिया देखेंगे वेबसाइट प्लान में पंजीकरण करने के लिए डब्ल्यू पर जाएं वेबसाइट प्लान्स एंड इंफॉर्मेशन में से फ्री प्लान चुनें। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें सेलेक्ट प्लान पर क्लिक करें सेलेक्ट पर क्लिक करें अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल डालें आप अपनी पसंद का कोई भी टाइटल डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए यूआरएल डालें कंटिन्यू टू दी नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें अपना यूजर नेम बनाए अपनी ईमेल आईडी डालें अपना पासवर्ड बनाएं पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें कि आपके पासवर्ड में कम से कम आठ और अधिक से अधिक बारह शब्द हों पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए अपना पासवर्ड कन्फर्म करें अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें आपका वर्डप्रेस पैनल खुल गया है यहां से आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं अपने पंजीकृत टैम्पलेट को देखने के लिए आप अपनी साइट के नाम पर राइट क्लिक करें ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करें यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का फाइव पेज का टैंपलेट देख सकते हैं आप इस वेबसाइट के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं आप इस हेडर सेक्शन को एडिट कर सकते हैं आप इस होम पेज के टेक्स को एडिट कर सकते हैं होम स्लाइडर्स अनाउंसमेंट्स एडवर्टीजमेंट फोटो गैलरी और फुटर सेक्शन को एडिट कर सकते हैं अगला पेज है अबाउट वियरली इस पेज में आप इस फीचर इमेज को बदल सकते हैं अबाउट वियरली के टेक्स्ट को बदल सकते हैं अगला पेज है प्रोडक्ट्स का इस पेज में आप इस फीचर इमेज को बदल सकते हैं नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स को बदल सकते हैं अगला पेज है सर्विसेज का इस पेज में आप ऊपर दी गई फीचर इमेज को बदल सकते हैं यहाँ पर नई सर्विस जोड़ सकते हैं या कोई भी पुरानी सर्विस को यहाँ से हटा सकते हैं अगला पेज है कॉन्टेक्टस का इस पेज में आप ऊपर दी हुई फीचर इमेज को बदल सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को बदल सकते हैं और अपने फीडबैक की ईमेल आईडी को बदल सकते हैं उस ईमेल आईडी पर आपको ग्राहक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया प्राप्त होगी अब हम वेबसाइट की एडिटिंग की प्रक्रिया को देखेंगे सबसे पहले हम हैडर सेक्शन को एडिट करने की प्रक्रिया देखेंगे इसको एडिट करने के लिए वर्डप्रेस के पैनल पर जाएं, अपीयरेंस पर क्लिक करें थीम ऑप्शन पर क्लिक करें अब अपना साइट का लोगो बदलें साइट पुराना लोगो हटाने के लिए इस बटन पर क्लिक करें नया लोगो जोड़ने के लिए ऊपर दिए गए प्लस के बटन पर क्लिक करें अपनी इमेज सेलेक्ट करें ड टू ऑप्शन ट्री पर क्लिक करें अपना लोगो का टेक्स्ट बदलें अपनी सीएससी आई डालें सेव चेंजेस पर क्लिक करें अपने किए हुए बदलाव को देखने के लिए साइट पर जाएं और उसको रिफ्रेश करें यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा बदले गए सभी कंटेंट यहाँ पर बदल गया है अब हम होम स्लाइडर्स को बदलने की प्रक्रिया देखेंगे होम स्लाइडर्स को बदलने के लिए होम स्लाइडर्स पर जाएं। नया स्लाइडर जोड़ने के लिए ऐड न्यू पर करें अपने स्लाइडर का टाइटल डालें स्लाइडर की इमेज चुनें, सेलेक्ट पर क्लिक करें आप पब्लिश पर क्लिक करें अपने बदले हुए स्लाइडर को देखने के लिए साइट पर जाएं उसे रिफ्रेश करें आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जोड़ा गया स्लाइडर यहां पर जुड़ गया है अब हम होम पेज के टेक्स्ट को एडिट करने की प्रक्रिया देखेंगे इसको एडिट करने के लिए वर्डप्रेस पर जाएं, पेजेस में जाएं, होम एडिट पर क्लिक करें यहां से अपना टेक्स्ट एडिट करें टेक्स्ट एडिट करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें अपडेट पर क्लिक करें अब साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें अब आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा बदला गया टेक्स्ट यहां पर बदल गया है अब हम अनाउंसमेंट सेक्शन को चेंज करने की प्रक्रिया को देखेंगे वर्डप्रेस में जाएं, अनाउंसमेंट्स पर क्लिक करें नए अनाउंसमेंट जोड़ने के लिए एड एन यू पर क्लिक करें अपने अनाउंसमेंट का टाइटल डालें अपने अनाउंसमेंट की इमेज डालें सेलेक्ट पर क्लिक करें पब्लिश पर क्लिक करें पुराने अनाउंसमेंट को डिलीट करने के लिए अनाउंसमेंट्स में जाएं, जिस अनाउंसमेंट को आपको डिलीट करना है उस पर जाकर ड्रैश बटन पर क्लिक करें अब अपने द्वारा किए गए बदलाव को देखने के लिए दोबारा से साइट पर जाएं साइट को रिफ्रेश करें अब आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जोड़ा गया नया अनाउंसमेंट यहां पर जुड़ गया है और पुराना दिया हुआ अनाउंसमेंट यहां से हट गया है अब हम एडवर्टीजमेंट सेक्शन को बदलने की प्रक्रिया देखेंगे वर्ड पैनल पर जाए एडवर्टीजमेंट्स पर क्लिक करें एडवर्टीजमेंट जोड़ने के लिए एड एनी ऊपर क्लिक करें अपने एडवर्टीजमेंट का टाइटल डालें अपने एडवर्टीजमेंट की इमेज सेलेक्ट करें सेलेक्ट पर क्लिक करें पब्लिश पर क्लिक करें अपने बदलाव को देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें अब आप देख सकते हैं आपके द्वारा जोड़ा गया एडवर्टीजमेंट यहां पर दिख रहा है अब हम फोटो गैलरी को चेंज करने की प्रक्रिया देखेंगे दोबारा वर्डप्रेस पर जाएं, फोटो गैलरीज पर जाएं। पुराने फोटो हटाने के लिए फोटो के नाम पर जाएं और ट्रैश पर क्लिक करें नया फोटो जोड़ने के लिए एडनयू पर क्लिक करें अपने फोटो का टाइटल डालें फोटो डालें सेलेक्ट पर क्लिक करें पब्लिश पर क्लिक करें साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें अब आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा डिलीट किए गए फोटो यहां से हट गए हैं और नया अपडेट किया हुआ फोटो यहां पर जुड़ गया है अब हम फुटर सेक्शन को बदलेंगे फुटर सेक्शन को बदलने के लिए दोबारा से वर्डप्रेस में जाए अपीरियस में जाएं, थीम ऑप्शंस में जाएं, फुटर को चुने अपना कॉपीराइट चेंज करें अपना फेसबुक और ट्विटर हैंडल जोड़ें उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें साइट पर जाएं, उसको रिफ्रेश करें अब आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा आपका कॉपीराइट जो बदला गया था वो यहाँ पर बदल गया है अब हम अबाउट वीएल पेज को चेंज करेंगे उसके लिए वर्ड पर जाएं, पेजेस सेक्शन में जाएं, अबाउट वियली एडिट पर जाएं। अबाउट वियली पेज के टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यहां पर जाकर टेक्स्ट चेंज करें सेव चेंजेस पर क्लिक करें फीचर्ड इमेज बदलने के लिए पहले से अपडेटेड इमेज को रिमूव फीचर इमेज से हटाएं अब नई इमेज सेट फीचर इमेज से, से अपडेट करें सेट फीचर इमेज पर क्लिक करें अपडेट पर क्लिक करें बदलाव को देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें अब आप देख सकते हैं कि आपका अबाउट वियरली का टेक्स्ट और फीचर इमेज चेंज हो गई है अब हम प्रोडक्ट्स पेज को एडिट करेंगे इसकी फीचर इमेज को चेंज करने के लिए वर्डप्रेस पैनल भी जाएँ पेजेज में जाएं, प्रोडक्ट्स और एडिट पर जाएं, पहली अपडेटेड इमेज को रिमूव फीचर इमेज से हटाएं नई इमेज को अपडेट करने के लिए सेट फीचर इमेज पर क्लिक करें अपनी इमेज चुनें, सेट फीचर इमेज पर क्लिक करें अपडेट पर क्लिक करें अपनी साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा अपडेट की हुई इमेज यहाँ पर चेंज हो गई है अब हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को चेंज करेंगे नया प्रोडक्ट जोड़ने के लिए प्रोडक्ट्स में जाएं, ऐड न्यू पर क्लिक करें अपने प्रोडक्ट का टाइटल डालें अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालें अपने प्रोडक्ट का प्राइस डालें प्रोडक्ट के बटन का नाम डालें अपने प्रोडक्ट की इमेज डालने के लिए सैड फीचर इमेज पर क्लिक करें अपनी इमेज चुनें सेट फीचर इमेज पर क्लिक करें पब्लिश पर क्लिक करें चेंजेस को देखने के लिए दोबारा से साइट पर जाएं। पुराने प्रोडक्ट को हटाने के लिए दोबारा से प्रोडक्ट पर जाएं, प्रोडक्ट के नाम पर जाएं और ट्रैश बटन पर क्लिक करें अब साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जोड़ा गया प्रोडक्ट यहां पर एड हो गया है और पुराना प्रोडक्ट यहां से डिलीट हो गया है अब सर्विसेज पेज को एडिट करने के लिए दोबारा से वर्डप्रेस पैनल पर जाएं, पेजेस में जाएं, सर्विसेज और एडिट पर क्लिक करें फीचर्ड इमेज चेंज करने के लिए पुरानी फीचर इमेज को हटाएं नई इमेज अपडेट करने के लिए सेट फीचर इमेज पर क्लिक करें अपनी इमेज चुनें, सेट फीचर इमेज पर क्लिक करें और अपडेट पर क्लिक करें चेंजेस देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा अपडेट की गई फीचर इमेज यहाँ पर चेंज हो गई है अब हम सर्विसेज को ऐड करने की प्रक्रिया देखेंगे उसके लिए सर्विसेज में जाएं। नई सर्विस जोड़ने के लिए ऐड इन पर क्लिक करें अपने सर्विस का टाइटल डालें सर्विस का डिस्क्रिप्शन डालें सर्विस का प्राइस डालें अपने बटन का नाम डालें सर्विस की इमेज ऐड करने के लिए सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें इमेज चुनने के बाद सेट फीचर इमेज पर क्लिक करें और पब्लिश पर क्लिक करें चेंजेस देखने के लिए दोबारा से साइट पर जाएं। पुरानी सर्विस को रिमूव करने के लिए सर्विसेज में जाएं सर्विस के नाम पर जाकर ट्रैश पर क्लिक करें अब चेंजेस देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा एड एड की हुई सर्विस यहाँ पर अपडेट हो गई है और आपके द्वारा हटाई गई सर्विस यहाँ से डिलीट हो गई है अब कॉन्टैक्ट पेज को एडिट करें फीचर्ड इमेज को पहले एडिट करें फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एडिट करें फीचर इमेज को चेंज करने के लिए वर्डप्रेस पैनल पर जाएं पेजेस में जाए कॉन्टैक्ट एडिट पर जाए पुरानी इमेज को रिमूव फीचर्ड इमेज से हटाएं नई इमेज अपडेट करने के लिए सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें अपनी इमेज चुनें, सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें अपडेट पर क्लिक करें चेंजेस देखने के लिए दोबारा साइट पर जाएं, साइट को रिफ्रेश करें आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज यहां से अपडेट हो गई है अब अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एडिट करने के लिए अपीरियंस में जाएँ थीम ऑप्शंस में जाएं, कॉन्टैक्ट पर जाएं, यहां से अपना एड्रेस अपडेट करें अपना फोन नंबर अपडेट करें अपनी ईमेल आईडी डालें सेव चेंजेस पर क्लिक करें आप चेंजेस देखने के लिए साइट पर जाकर उसको रिफ्रेश करें आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा चेंज गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पर चेंज हो गई है अब हम फीडबैक फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी चेंज करेंगे उस ईमेल आईडी पर आप ग्राहक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे ईमेल आईडी चेंज करने के लिए वर्ड पैनल पर जाएँ कॉन्टैक्ट में जाएँ कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में जाएँ कॉन्टैक्ट मी एडिट पर जाएं, मेल पर जाएं, टू और फ्रॉम में अपनी ईमेल आईडी चेंज करें और सेव पर क्लिक करें आपकी ईमेल आईडी अपडेट हो गई है अगर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप वो फीडबैक यहाँ पर भी देख सकते हैं उसको देखने के लिए आप कांटेक्ट फॉर्म्स में जाएं, कांटेक्ट मी पर क्लिक करें आपको दिए गए सारे फीडबैक यहां पर प्राप्त होंगे अब हमारी वेबसाइट की एडिटिंग पूर्ण हो चुकी है अब हम अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन्स के साथ लिंक करने की प्रक्रिया देखेंगे उसके लिए अकाउंट में जाएं यहां पर अपना डोमेन नेम डालें नीचे दिए गए आईपी एड्रेस को कॉपी करें अब अपने डिजी नेम डैशबोर्ड में जाएं जिस डोमेन को आपको अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है उसकी डिटेल्स खोलें माय प्रोडक्ट डोमेन में जाएं, कस्टमर आईडी कॉपी करें मैनेज डीएनएस में जाएं, कस्टमर आईडी डी चुनें कॉपी की हुई कस्टमर आईडी डालकर सर्च पर क्लिक करें लिस्ट में से अपना डोमेन चुनें कॉपी किए हुए आईपी एड्रेस को ए रिकॉर्ड में डालें और सेव पर क्लिक करें अब वर्डप्रेस पैनल पे जाएं यहाँ पर अपना डोमेन नेम डालें और सेट कस्टम डोमेन पर क्लिक करें अब आपका डोमेन आपका फ्री वेबसाइट के साथ लिंक हो गया है आप अपनी साइट को अपने डोमेन के नाम से अब सर्च कर सकते हैं धन्यवाद